नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है जहां पर इटावा पर सपा के पोलिंग एजेंट की मौत की खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर हार्ट अटैक की वजह से मौत बताई जा रही है पोलिंग एजेंट की इटावा से ये खबर है जहां पर कोकुराशाला पोलिंग बूथ पर मौत हुई है मौत की खबर सामने आ रही है हार्ट अटैक वजह बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट की मौत की, की, की समाचार मिशन पर तमाम दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से जहां पर कोकपुरा शाला पोलिंग बूथ पर समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट की मौत हो गई है और इसी जा जानकारी के साथ, साथ तो तफसी दर्शकों को बताए देखिये मैं आपको बता दूंगी फ्रेंड कॉलोनी थाना लगता है यहाँ पर कोकपुरा सालाब की एक पोलिंग बूथ है जहाँ पर सुबह से ही वोटिंग सुबह छह बजे प्रारंभ हो गई थी इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी का जो एक एजेंट था उसकी किसी अज्ञात कारण वक्त हार्ट अटैक से मौत हो गई लेकिन जब इसकी मौत हो गई तो वहीं पर मौके पर समाजवादी पार्टी के जो सदर के प्रत्याशी है सर्वेश मौके पर पहुंच गए और जिन्होंने जानकारी दी है कि इसकी जो मौत है वो किसी पुरानी बीमारी के चलते या किसी अनगत कारणों से हुई है अभी इसकी ज्यादा जानकारी के लिए सबको सबका जो है वो पंचनामा भर दिया गया, के लिए भेज दिया गया। आ, के लिए मिनट बाद मौत हो गई वहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था से रिलेटेड क्या कुछ इंतजाम किए गए थे देखिए मैं आपको बता दू जो पोलिंग एजेंट की एज है लगभग तीस वर्ष की एज रही थी और ये पोलिंग पोलिंग बूथ पर ही ये तैनात था लेकिन हार्ट अटैक में आगे की ज्यादा जा जानकारी के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही जांच की कार्यवाही की जाएगी और अभी आप, आपको परिवार वालों की तरफ से दे रहे परिवार वालों ने भी कहीं किसी तरीके की तहरीर या कोई भी और किसी बात की होने का कोई भी अंदेशा जाहिर नहीं किया है चलिए बहुत शुक्रिया सौरभ दुबे इस अहम जानकारी के लिए आपका